तो हेलो गाइस वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो so गाइस मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप लोग वन जी डाटा से आप लोग पूरा दिन नेटवर्क चला सकते हो यानी कि 12 घंटा आप लोग नेटवर्क चला सकते हो तो गाइस उसको करने के लिए आपको दो तीन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है उसको तो आप लोग ध्यान नहीं देगा तो आपका जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा तो उसको उस ट्रिक को वर्किंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना आपको शटर डाउन करना है तो करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल में हो सकता है लोकेशन का सेटिंग तो आपको लोकेशन का सेटिंग ऑफ कर देना है कभी भी ऑन नहीं करना है नहीं तो आपका जो ट्रिक है वो काम नहीं करेगा तो ज़्यादातर मोबाइल में लोकेशन ऑफ रहता है और किसी किसी मोबाइल में नहीं रहता है तो आपको खुद से कर लेना है ऑफ करने के बाद सेटिंग का सेटिंग में आपको जाना है सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनस है।, है आपको लास्ट में ऊपर से लास्ट तक आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है करने के बाद यहाँ पर एवर्ड फोन वाला ऑप्शन इस पे आपको क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस सेटिंग्स आएंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है एक लीगल लीगल इंफॉर्मेशन और एक लेगोलेटरी इन्फॉर्मेशन और एक सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन तो आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन आपको शो कराएँगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करा रहा है जिसका नाम है बिल्ड नंबर तो आपको बिल्ड नंबर में यहाँ पर क्लिक कर देना है बिल्ट नंबर में क्लिक कर देने के बाद तो गए सॉरी बिल्ट नंबर में आपको सात बार सेवन टाइम्स आपको क्लिक कर देना है एक दो तीन चार पाँच छः सात तो गए सात बार मैंने क्लिक कर दिया कर देने के बाद एंटर योर करंट पिन मतलब पूरा दिन आपके मोबाइल में जो पिन रहता है या पैटर्न रहता है उस उससे आप लोग अपने मोबाइल को अनलॉक करते हो वही पिन आपको अपने मोबाइल मोबाइल पर लगा देना है तो मेरा मोबाइल का जो पिन है मैं लगा देता हूँ जीरो तो मैंने कर दिया नेक्स्ट कर देना है आपको भी कर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर से बैक आना है यहाँ पर से आपको करना है दो बार बैक तो नीचे की साइड आप लोग देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन वाला एक जो मोड है वो ओपन हो गया है तो आगे जब हमने देखा था पहली बार उसमें डेवलपर ऑप्शन था ही नहीं तो अब हमने इस ट्रिक को वर्किंग करा तो यहाँ पर देखो डिवलपर ऑप्शन मोड आ गया है तो आपको डिवलपर ऑप्शन में क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करना है तो इसके अंदर बहुत कुछ आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे उसको करोगे तो आपका मोबाइल एकदम झकास चलेगा तो गैस यहाँ पर आपको नीचे आना है धीरे धीरे करके नीचे आना है देख देख के तो गैस यहाँ पर हम नीचे आते हैं आपको भी नीचे आना है तो गैस यहाँ पर देख सकते हो आपको तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है विंडो एनिमेशन स्केल और दूसरा है ट्रांसीशन एनिमेशन स्केल और तीसरा एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल तो गैस आपको पहला वाला ऑप्शन में विंडो एनिमेशन स्केल पर क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर विंडो एनिमेशन स्केल को आपको एनिमेशन पे ऑफ कर देना है कर देने के बाद सेकेंड नंबर जो कि ट्रांसीशन एनिमेशन स्केल इसको आपको क्लिक करके एनिमेशन को ऑफ कर देना है और तीसरा वाला जो है एनिमेटेड ड्यूरेट स्केल तो इसको भी आपको क्लिक करके ऑफ़ कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर do... आपको ब्याक अनियम आपके आपके बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स हैं उनमें नेट एकदम नहीं चलेगा तो यहाँ पर आपका जो नेट बहुत ही कम लगेगा तो गाइस आप लोग देखना वन हंड्रेड एंड वन परसेंट प्री के काम कर गया और आप देखना आप लोग पूरा दिन वन जी नेट से चला पाओगे तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा जरूर कर कमेंट करके बताना मिलते हैं